एरशाद फरमाया अन्नबुम क्या मैं तुम्हें खबर ना दूँ बेअबर कबाद जो बड़े बड़े गुनाह हैं उनकी वह हम तन गोश हो गए कि जी हजूर एर्शाद कीजिए तो हका करीम ने जो पहली बात है इर्शाद फरमाई अलेशराक बिल्ला अल्लाह के साथ किसी को शर्क ठहरा है उसकी जात में उसकी सिफात में उसके अफ़ाल में कोई शर्क नहीं वो वह दू ला शर्क है दूसरी बात हजूर ने जो इर्शाद फरमाई वो है वकूक ववालदेन वालदे की नाफरमानी इमाम फ़खरुद्दीन राजी ने तफसर कबीर में लिखा है कि इंसान के वजूद का सबब हकी बारी ताला है और सबब मजाजी वालदे हैं तो इसलिए गुनाहों में जो बड़े गुनाह हैं अकबरकबाद जो हैं उनमें से दूसरा बड़ा गुना अल्लाह के महबूब ने अकूक व वालदेन को बैन फरमा तो वालदे के साथ उसने सलूक करने की हमें तलकिन की गई और ये शरीयत इस्लामिया का हमसे तकाजा है और वैसे भी औलाद अगर तब फ़राता शुक्र हो तो वो हो ही नहीं सकता कि वो अपने वालदे की ना फ़रमा करें अल्लाह के महबूब आलाम आल ने एक मौक़े पे शाद फ़रमाया कि मलूँ उन मनसब्बा अबा हो मलून उन मन मनसब्बा अबा हो वो शख्स लानती जो अपने माँ बाप को गाली देता है तो कितनी सख्त मजम्मत की गई उस शख्स की जो वालदे की ना फरमानी करता है एक मौके पे हजूर आई इस्लाम ने फरमाया अनफुन, सुम्मा सुग़मा अनफुन, सुम्मा राग़मा अनफुन, तीन मरतबा फरमाया उस शख्स की ना ख़वा हो फिर उसकी ना ख़वा हो फिर तीसरी मरतबा फरमाया उस शख्स की ना ख़वा कलोद हो तोला मन यासोल्ला सल्ला हज़की यासोल्ला किसकी ना खा कालूद हो तो वाका तो करीम ने फरमाया मन अदरक का अबा वह है इन दल के बल आहादा हुमा और कले हम फलाम यद खुल जन्ना जिसने वाले को एक को या दोनों को बुढ़ापे में पाया और जन्नत में दाखिल ना हो सका उस शख्स की नाखाकालू था और ये तीसरी बात इर्शाद फरमाने से कबल हजूर ने तकिया छोड़ दिया था हजूर टेक लगाए तशरी फरमा थे लेकिन जब हुजूर ये पजालासा वकानदा मुत्ता किया तो हजूर बैठ गए और हजूर ने तकिया छोड़ दिया और औरजूर ने फरमाया अला वक़ोल जू सुन लो तीसरी चीज़ झूठी बात करना है झूठ बोलना तो ये है अल्लाह के महबूब आ सलाम का सख्त ताकद करना झूठ से अपनी उम्मत को बचाने के लिए अच्छा यहाँ एक बात रुक के ये समझ लें कि झूठ बहुत बुरी चीज़ है लेकिन शरक उससे बड़ा गुना है तो इसकी ताकीद इतनी ज़्यादा क्यों की हुजूर ने टेक छोड़ दी और आका करीम बार बार इशाद फरमाते रहे तो उसकी वजह यह है कि शरक को बड़ा गुनाह सारे समझते हैं इसी तरह मां बाप की नाफ़रमानी हर शख्स समझता है कि बहुत बड़ा गुना है और अगर कोई शख्स माँ बाप का बेअदब हो गुस्ताख हो तो लोगों की नज़रों में भी वो गिर जाता है कि ये बुरा शख्स है कि माँ बाप के साथ बदसलूकी कर रहा है तो ये तो गुना ऐसे हैं कि जो लोगों को अच्छी तरह मालूम है लेकिन अमूमी तौर पर झूठ बाज़कात बाज़ माशरों के अंदर यूँ रच बस जाता है कि उसको ऐब नहीं समझा जाता इसलिए हज़ू ने इस पर ख़ास ताक़द की और टेक छोड़ के आगे बढ़े और फिर बार बार इशाद फरमाते रहे कि इसको छोटा ना समझना जिस तरह अकबरलकबायर में शिरक है अकबरुल्कबायर में उकूक ववालदेन है उसी तरह ये भी अकबरुल्कबायर में शामिल है कि कोई शख्स झूठ बोले तो झूठ बोलना ये अल्लाह की नाराज़गी का सबब और जरिया है तकरीबन दो सौ कुरानी आयात झूठ की मजम्मत और झूठ से बचने की ताक़द और तरकीब में और सैकड़ों अदीस झूठ की मजम्मत में और झूठ से दामन को बचाने की तलकिन पर मुश्तमिल है इसलिए अल्लाह की बारगाह में ये दुआ मांगें कि अल्लाह में झूठ के मरद से नजात दे